तो हेलो गायज अभी जा रहा हूँ मैं दोस्त फ़ोन किया था तो उसको लाने के लिए जा रहा हूँ तो गाड़ी देना है तो गाड़ी दे वापस लौटूंगा तो अभी गाड़ी निकालूंगा मैं तो फाइनली गाय जो हम लोग अभी दोस्त से मिलने जा रहे हैं गाड़ी निकाल लिए हैं और अभी मिलके कुछ बात करेंगे और उसको बोलेंगे घर छोड़ने के लिए क्योंकि गाड़ी वो अपने पास ही रखेगा तो घर छोड़ने के लिए बोलेंगे भाई तो चलिए देखते हैं क्या होता है सब फाइनली कहा कि हम मिल चुके हैं अपने दोस्त से और अभी जा रहे हैं फिर से वापस अपने घर घर तो दो भाई को बोले थे कि छोड़ने के लिए तो अभी छोड़ने जाएंगे और तो जा भी रहे हैं तो दो तो तो दिखा रहा हूँ इधर का सीन थोड़ा बहुत तो फाइनली मैं घर पहुँच चुका हूँ और घर अभी पहुँच के थोड़ा देर के बाद में मैं खाना खाऊंगा मुंह तो मैं सुबह धो लिया था और खाना खाएंगे तो तो ठीक मेरी मम्मी बाहर में है खायेंगे दोस्तों हम लोग घर के बाजु का मंदिर मैं घर पहुंच चुका ये देखिए अपना जान छोटा सा दिया खाना अभी ना थोड़ा लेट से खाएं ना थोड़ा देर से बहुत तो ये हमारी मम्मी है बैठी हुई है सो खाना बना लिए सुबह सुबह तो एग्जाम नेग्जाम खत्म तो जो के यार लो मेरा भाई है भाई का एग्जाम चल रहा है थे हमारा घर भी जाते हैं पर मेरा किचन बनाएगा और इसमें मैं सोता हूँ इधर पढ़ाई लिखाई का करते हैं भाई लोग मेरा छोटा सा एनक है मेरी प्यारी गड्डी